प्रेमी पागल और कवि एक ही चीज से बने होते हैं कानून की पवित्रता तभी तक है जब तक कि वो लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति करे इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार बनाना होगा क्रांति शब्द की व्याख्या किसी को भी शाब्दिक तौर पर नहीं करनी चाहिए जो लोग इस शब्द का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, वे अपने लाभ के हिसाब से इसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लोगों को कुचलकर हम विचारों को नहीं मार सकते जो भी व्यक्ति विकास चाहता है उसे रूढ़िवादी की आलोचना करनी होगी रूढ़ियों को लेकर अविश्वास जताना होगा और जड़ता को चुनौती देनी होगी मैं महत्वाकांक्षा आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं ये सब त्याग सकता हूं और वही सच्चा बलिदान है निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के दो अहम लक्षण हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने उस अंदरूनी डर की मत सुनिए जो कहता है की दूसरे लोग आप बेहतर है अगर ऐसा करेंगे तो प्रगति रुक जाएगी सिर्फ धुन और बड़ी व कड़ी लगन ही किसी भी इंसान को महान कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है सामान्य लोगों के दिल और दिमाग में उमड़ने वाले विचार भी किसी जीनियस को जन्म दे सकते हैं अगर उन पर अमल की आज़ादी भी उसे मिल जाए लालच किचन में हम हर तरह के झूठ को निकल जाते हैं लेकिन सच को घूट घूट पीते है क्यूँकी सच हमेशा कड़वा होता है कट्टरता और बरबरता में बहुत कम फासला होता है सिर्फ एक कदम कट्टर को बरबर बना सकता है सिर्फ सफलता के सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है बेहतर होगा कि इसके लिए कड़ा परिश्रम करें. ज्ञान अर्जित करने के तीन सिद्धांत हैं. प्रकृति को समझना विचार करना और प्रयोग करना चीजों को करने से तथ्य मिल जाते हैं विचार करने से तथ्य संगठित रूप में सामने आते हैं और प्रयोग उन संगठित विचारों को साबित करता है दुनिया का सबसे सुखी इंसान वह है जो दूसरों को सुखी रखता है